हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गुड आफ्टरनून तो गाइस अभी हो रही है दोपहर और दोपहर दो सूर्य आ गए हैं और बहुत ही तकड़ी वाली धूप हो रखी है पर साथ में हवाई चल अभी हम तैरने निकले हैं और जब दो यानी कि दिन के हम पचास साठ रुपए कमा लेते थे दिन के हम बहुत सारी थैलियाँ देखी है और अब अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर एकदम घास है और वहाँ पर फैक्ट्री बन गई आपको पता है जहाँ पर फैक्ट्री बनती है वहाँ पर बिल्कुल ख़राब काम हो जाता है ये देखो यहाँ पर एकदम बढ़िया है मौसम और वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाऊंगा मैं तो अच्छा और अभी अभी थोड़ी थोड़े दिनों पहले बारिश हुई थी तो ये देखो ऐसी हो रखी बाजरी और तो गैस ये हमारा खेत है और अब ये मैंने खेत तो देख लिया तो अब इसके अंदर जाते हैं ये तो गैस ये देख लो ऐसा निकला है सिर्फ जो तो मैंने कल वीडियो भेजी है तो से देख लेना और सुबह ही भेज दी थी आज उस वीडियो को और उसमें सिर्फ तीन व्यव आए तो प्लीज़ उस पर उस वीडियो को जल्दी से देख लो लाइक कर दो कमेंट कर दो और फिर इस वीडियो को देखो तो गैस मैं 25 और 26 तारीख को आपको वीडियो नहीं भेज पाऊँगा तो इसके लिए आई एम सॉरी और अभी हो रखा है ये मौसम नीचे नीचे जाकर करते हैं सोर्स के साथ अभी गाइस जा रहा हूं। मैं तो हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो बाय